दोस्तों नमस्कार एक कंपनी है वाइट बाजार डिस्काउंट कार्ड जो हर चीज़ पर 30 प्रतिशत का डिस्काउंट देती है ये कंपनी सबसे पहले राशन पर ग्रोसरी पर यह डिस्काउंट देने जा रही है और ये जो कार्ड है ये कार्ड मेट्रो कार्ड की तरह एक कार्ड है वाइट बाजार डिस्काउंट कार्ड तो कुछ मित्रों ने ये वाइट बाजार डिस्काउंट कार्ड खरीद लिया है आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रकार का प्लान तभी उन्होंने पहले कभी सुना है तो आपका नाम विदार्ड कुमार। कुमार का, तो का प्लान आपने मैंने बहुत सारी कंपनियां एम एल एम कंपनी देखी है मगर जो तीस परसेंट डिस्काउंट दे रही हो मैं पहली बार ये प्लान देख रहा हूँ जिसमें नौकरी भी है साथ में ई एस आई कार्ड भी है साथ में एक्सीडेंटल बीमा भी है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और मतलब इतना अच्छा है की बस इसके ऊपर मैंने कोई प्लान देखा नहीं जी जी जी इसमें सभी को नौकरी के साथ साथ बीमे के साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ साथ सब कुछ दे रही है कंपनी और धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट इसमें बढ़ते जाएंगे और सभी प्रकार की सर्विसेज भी दी जाएंगी इसमें यह एक पहला कार्ड है जो पूरे देश में पूरी दुनिया में केवल जनता की भलाई को लेकर चल रहा है क्या कहना चाहेंगे आप देखो ये जो आप जनता के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि जो बाजार में इतने महंगी महंगी चीजें मिल रही हैं और आप जो जो व्हाइट बाजार है उस पर तीस परसेंट डिस्काउंट देगा तो ये तो जनता के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा जी जी जी कि भाई जनता को एक चीज सौ रुपए में ले रहे वो उसको सत्तर रुपये में खरीदेगी तो उसके लिए जनता प्रॉफिट ही है जी जी कि हम डायरेक्ट जनता को प्रॉफिट दे रहे हैं और साथ में रेफरल भी है इसमें जो अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उसका भी रेफरल मनी भी इसमें आपको आती है और इन्वेस्टमेंट पर भी डबल है तो संजय जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें भाई की जो बोल रहे है जी ठीक बोल दिया बहुत मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी, जी जी जी जी और जो अपना ये व्हाइट बाजार दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं जी इससे बेहतर कोई नहीं दे रहा ना हमने कभी सुना जी जी जी आ, हमारे एक और बुजुर्ग भाई साथ में है तो भाई साहब आपका क्या नाम है जगबीर तो जगबीर जी जो आपने सुना ये वाइट बाजार के नाम पर आपको कैसा लगा ये बढ़िया लगे जी जी जी जी तो आप क्या चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा चले ये वाइट बाजार ज़्यादा से ज्यादा चले ज़्यादा से ज़्यादा चले हाँ तो दोस्तों ये वाइट बाजार डिस्काउंट कार्ड आ, आप देख सकते हैं ये वाइट बाजार का फेसबुक पर भी वाइट बाजार की ये आईडी है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसमें जो ज्वाइनिंग है वो केवल छः सौ से है सिक्स ओनली और उसके बाद रेफरल मनी है ज्वाइनिंग मनी है सब कुछ इसमें आपको मिलता है हम लिंक आपको इस इसके डिस्क, डिस्क्रप्शन में देने जा रहे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें वाइट बाजार डिस्काउंट कार्ड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए नीचे हम नंबर भी दे रहे हैं आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुश्त में हिंद चैनल देखने के लिए और वाइट बाज़ार को ज्वाइन करने के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत